सो हेलो एवरीबडी कैसे आप सब आई हो पछ्छी होंगे मैं केपी पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं गाजियाबाद आर आर टी का स्टेशन के गाज़ियाबाद के स्टेशन कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है वो आप लोग इस वीडियो में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा और ले चलने वाला हूँ आज मैं आपको दोहाई स्टेशन तक तो बने रही है के संत के साथ में दोस्तों तो बताते हैं और आपको दिखाते हैं तो देख सकते हो अभी जो तीन सेट बनाने का काम है वो चल रहा है इसके रूप को बनाने का काम चल रहा है तीन सेट पहले बना लिया जा चुका था देख, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें और आपको बता दूं एंट्री एग्ज़िट पॉइंट भी बनाने का बर्क चल रहा है और देख सकते हैं ये राइट में है ये लेफ़्ट में फ्लाई उसके बाद में मामाया स्टेडियम तो आपको बता दूँ इसमें एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट इसमें पाँच दिए जा रहे हैं और ये आपको बता दूँ ये तिरा पर बना हुआ है इस्टेसन आपको बता दूँ कि इसमें के जो एंट्री और एग्ज़िट बनाने का काम है वो पहले तो आ, क्या नाम है न्यू बस अड्डा रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाएगा जो कि मेट्रो स्टेशन से रेड लाइन से जोड़ा जाएगा फिर उसके बाद में इधर भी बनाया जाएगा उधर भी बनाया जाएगा यानी कि जो आपका तस्वीर आप लोग देख सकते सामने धूप पड़ रही है तो इस वजह से ज़्यादा नहीं चमक रहा है तो इसको आपको ये सरकर ले और फिर आपको दिखाते हैं अच्छी तरीके से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के पी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेलाइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज के संत के चैनल पर देखते रहो के संत आप लोगों के बीच में लाता रहता और आप लोगों को इंटरटेन करता रहता है दोस्तों तो देख सकते हो ये टीन सेट का ही पिलर है खम्बा है दोस्तों देख सकते हो कितनी भारी भरकम ये क्रेन मशीन है और इस को ले जा रही है और देख सकते हो कि इससे बाइक वाले को बिल्कुल तसल्ली नहीं है वो इसके नीचे से अभी आ जाएगा देखना आप लोग कि किस तरीके से ये आ जाता और भाई चांस ये गिर जाए तो क्या होगा बताओ अब ये इनको दोस्त दे देंगे तो थोड़ी सी सभ्यता नहीं नाम की चीज़ नहीं है दोस्तों बताओ दो मिनट वेट नहीं कर सकता था अगर कर लेता तो इसका क्या हो जाता अगर ये पट्टी टूट जाए और इसके ऊपर जा गिरता तो क्या होता इसका हाल तो दोस्तों ये सावधानियां बरतनी पड़ती हैं ऐसा नहीं है कि बस इतनी जल्दी बाजिब हो ऐसा नहीं है देख सकते हो तो अभी यही वर्क चल रहा है और मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे से मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी है कॉरिडोर को दोस्तों जब मैंने पहली बार इसका वीडियो बनाया था तब आप लोग देखना कि किस तरीके से ये बनाया गया था वो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूँगा आप लोग जाके देख लेना दोस्तों तो देख सकते हो ये नीचे का फ्लोरिंग चल रहा है और ये कौन कौश लेवल का भी इस पर सेट रिंग लगा हुआ है उस भी अभी फ्लोरिंग का काम चल रहा है दोस्तों और इसके जो प्लेटफॉर्म लेवल है उसके ऊपर टीम सेट को लगाने का वर्क चल रहा है दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो ये रेड लाइन है ये आर जाएगी और यहाँ से ये देख सकते हो ये फ्लोरिंग का काम कर किया जा रहा है कौन कौन लेवल का जो एंट्री और एग्जिट बनाने का पॉइंट बनाया जा रहा है वो और इसको जोड़ा जाएगा सहीद स्थल मेट्रो स्टेशन से यानी कि रेड लाइन से जोड़ दिया जाएगा कनेक्ट कर दिया जाएगा और इधर ये महााया स्टेडियम से भी जोड़ा जाएगा और इधर ये सामने लगा हुआ है इसका चौधरी चरण सिंह की मूर्ति उसमें भी एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाया जाएगा दोस्तों तो यही बनाए जा रहे हैं देख सकते हो आप आप लोग इस साइड से देख सकते हो ये मेरठ के लिए चली जाती है डायरेक्ट रोड तो देख सकते हो इसमें अभी क्या वर्क चल रहा है अपनी आंखों से देख सकते हो और ये फ्लोरिंग चल रही है कौन कौन लेवल की देखो ये जोड़े जा रहे हैं एक दूसरे से जोड़ने के बाद में फिर ये चार ये चार ग्राउंड हो जाएँगे इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तो फोर्थ पे है आर चलेगी तो जो सेकंड लेवल का काम है वो चल रहा है अभी थर्ड लेवल का हो चुका है उस पर अभी आपको बता दूं दो दोस्तों कि उसमें मार्बल वा, मार्बल की फ्लोरिंग चल रही है और इधर तो फ्लोरिंग कर लिया गया था और इधर ट्रैक बिछा दिया जा चुका है इस पर देखो ट्रैक भी बिछा दिया गया है अब इसको ये सेटरिंग जो डाई थी वो उतारी जा रही है दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हो और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना नीचे रेड कलर का बटन उस तो पर प्रेस कर देना तुरंत बेलाइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के के चैनल पर देखते रहो के लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों तो देख सकते हो मैं यहाँ से आप लोगों को लेकर चलूँगा बिल्कुल डायरेक्ट पहले चलेंगे इसका गुलडर का स्टेशन दिखाएंगे फिर उसके बाद में आप लोगों को दुआई का स्टेशन दिखाने वाले हैं आज इस वीडियो में तो आप लोग बने रहिए केपी संत के साथ में और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताओ अभी देख सकते हो इस पर टीन सेट का काम चल रहा है इस पर जो फ्लोर है वो बनाया जा रहा है इस पर तीन टीन सेट डाला जा रहा है जो कि स्टेशन के ऊपर होने वाला है दोस्तों और इस पर फ्लोरिंग किया जा रहा है नीचे सेकंड फ्लोर के लिए सेकंड फ्लोर का इस पर फ्लोरिंग किया जा रहा है दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कुछ ये है नज़ारे यहाँ के तो आप लोग बताना क्या वीडियो कैसे लगते हैं के पी के क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशनल आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और देता रहता हूँ काफ़ी दिनों के बाद मैं आज मैं गाज़ियाबाद स्टेशन की वीडियो बना रहा हूं आर आर टी एस की दोस्तों क्योंकि इस पर ट्रैक बिच के बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं इस पे इलेक्ट्रिसिटी के खंबे भी लग चुके हैं उन पर ओवर हेड भी लगा दिया जाएगा अब इन पर बायरिंग का, का काम किया जाना है दोस्तों और आपको बता दूं साहिबाबाद और गाज़ियाबाद के बीच में अब ट्रायल भी इस्टार्ट हो जाएगा रैपिड रेल का तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ तो आप लोग धैर्य रखो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया आप लोगों ने तो यह है गुलडर का स्टेशन देख सकते हो ये पहले ही कंप्लीट कर लिया जा चुका है इसका सारा काम बिल्कुल कंप्लीट है एकदम रेडी है और आपको बता दूं कि जो इसका एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट बनाने का काम है वो चल रहा है और बाकी तो सारा काम हो गया इस पर स्क्रीन डोर भी लगा दिए जा चुके हैं और सारा काम मतलब कम्प्लीट ही हो चुका है ऐसा समझ लो आप लोग अब ये लेफ़्टड पर इसका एंट्री और एग्ज़ट पॉइंट बनाया जाना है वो अभी इनमें देखा जा रहा है कि कहां पर जगह है और फिर वो बना दिया जाएगा तो इस पर दो ही एंट्री एग्जिट पॉइंट रहेंगे एक लेफ्ट में दूसरा राइट right में दोस्तों तो ये बिल्कुल पहले ही कंप्लीट हो गया था और इस पर सारा फिनिशिंग का ही काम चल रहा है बाकी तो ये कंप्लीट है आपको बता दो ये गुलटैर का स्टेशन आर का दोस्तों तो आप लोग बताना क्या वीडियो कैसा लगा और तो लाइक शेयर ज़रूर करना हमारी वीडियोज़ का अगर नहीं किया आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा